हेलो एवरीवन मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मैं आपकी फ्रेंड प्रियंका मैं वट सावित्री की पूजा के लिए जिस मंदिर में गई थी अपनी मम्मी आंटी लोगों के साथ तो उस मंदिर में काफ़ी मान्यता है यहाँ के आम जनता की और ये मंदिर काफ़ी बड़ा है और इसमें बहुत सारे देवी देवता की पूजा भी होती है बट ये मंदिर काफ़ी लोगों की पुरानी मान्यता है इसलिए यहाँ में जो महिलाएं का जो भीड़ था वो काफ़ी जाता था और आप देखिए रहे हैं इस वीडियो में जिस तरह से महिलाएं अपनी पूजा को कर रही हैं एक दूसरे को टीका लगा रही हैं और धागा बांध रही कच्चा धागा वो बांध रही हैं और ये वीडियो में दिखाने का ये मेन मकसद ये था कि आप लोग इस पूजा से जुड़े हैं आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन क्लिक करें जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन वीडियो मिलती रहे सो थैंक यू एवरी